यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं एक दूसरे को लेकर डाउट्स तो होते रहते हैं क्योंकि मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से हाँ अगर मैंने तुम तो पर डाउट किया तुम्हें कुछ बोल दिया तो क्या मुझसे बात नहीं करोगी अगर मैंने तुम्हें गुस्से में नहीं बनाया तो क्या मुझसे ऐसे रूस कर बैठ जाओगी तुम्हें मेरा गुस्सा नजर आ रहा है मेरा प्यार नजर आ रहा था।